पहले इस ईगो नाम के आदमी को समझते हैं ठीक है अगर आप मुझे दिखा दें कि ये कहा है तो मैं इसे अभी ठीक कर काश मुझे पता होता ये कहा है ये एकदम से आ जाता है तो आपको नहीं पता कि ये कहा है बात बस इतनी सी है देखिए कुछ विशेष पलों में एक इंसान के रूप में एक महिला के रूप में आप एक सुंदर इंसान होती है मेरा मतलब है एक बहुत बढ़िया इंसान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 सिर्फ शब्द नोटेड <laughs> तो हम लोग यू ही बस शब्दों को उछालकर कर पश्चिम वालों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो कर ही सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जाकर पश्चिम में आध्यात्मिक केंद्र स्थापित कर दिए हैं खासकर अमेरिका में क्यूँकी उनको बस एक मंत्र आता है बस एक मंत्र असतुमा सदगमय इसी से वो पूरा केंद्र चला रहे हैं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 नहीं <laughs> नहीं मैं गई और अगली चीज जो निकल कर आई वो थी उत्तरी कैलिफोर्निया में एक कॉल गर्ल उसने वो सारे SEO सीख रखे हैं। हर चीज के लिए वो आध्यात्मिक का आध्यात्मिक का आध्यात्मिक लिखती है उसने 108 बार वेबसाइट पर आध्यात्मिकता शब्द डाला हुआ था आप आध्यात्मिकता लिखिए नंबर दो पर वो आएगी मुझे लगा यह शर्मनाक बात है हजारों सालों से